कहा लेट पर है कितनी जल्दी किया अभी तो मैंने स्टार्ट किया मल कर लोचन उमार ढलिन पड़े चढ़ते जुआन मल कर लोचन काली पड़े वाह चढ़ते जुआन मल कर लोचन उमार काली जुवानी मकरी मजावा उमर कुमार धन सुस्ती पड़े वा मकरी मस्तीवा आई कसी पड़ी तू तस्वा चढ़ी वाली मकरी मस्तीवा आई कसी पड़ी तू तसवा तो आपने किया था अरे शुरुआत तो आपने किया था लेकिन खत्म हम करेंगे क्योंकि हम उमर डलिन तुम्हारा डल काली बन मौजूद देखिनो कुपल्या खात लेवा तर जुवानी मो जुवाना पोरा कदे किन कुपल्या खात लेवा तर जुवानी मो जुवाना पोरा कदे किन कुपल्या खात लेवा तो बा समेत गाँव रखान मारु ना आई सो समेत गाँ ગુજરાત વાહિત રંગવા અમરત અમૃત કરતા લે ગુજરાત વાહિત રંગવા બાબા બાબા ઓહો બાબા બાબા અમરત અમૃત કરતા લે ગુજરાત વાહિત बंगरा में मिल सुन सब युवा होली बंगरा में मिल लुमान उमर काली जुआनिमल घड़ी एलोसन उमर ढलिन काली पड़ेवा चढ़ते जुआन मल गड़ी एलोसन मारे न सुस्ती पड़ेवा